एक बात है कि इसके आते गेम हो गया, एक तो गाइज जैसा कि आप लोगों को बताया कि सीजन रीसेट हो चुका है बिना कोई अपडेट आए ठीक है तो यहां पर अपडेट इसीलिए आया ताकि हम लोग गेम खेलते रहे बट इस गेम में पता क्या हुआ है कि तीस गिल होने के बावजूद भी ये गेम बेकार है क्यों बताता हूँ देखो खैर जैसी उतरा भाई साहब आज इस बंदे की तो जान सी निकल गई होगी पर बहुत गाली देने वाला है ये मेरे को अब ये बस यही कह रहा होगा यार कहीं भी उतरूंगा इसके पास कभी नहीं उतरूंगा अब इसके बाद में मुक्के मारते मारते भाई मैं आ गया इस वाली बिल्डिंग के पास जैसे ही यहां पहुंचा तभी अब पीछे ये बंदा आया पता नहीं कैसे बच के निकल गया अब पहले इसको कंफर्म करने के लिए मैं आता हूं और उधर मुझे दूसरी तरफ से भी गोलियां पड़ने लगी तो कुल मिलाकर यहां मैं दो तरफ फंस चुका था बट कैसे भी करके तुम्हारे भाई को ऐसे निकलना था और फाइनली मुझे अब आगे वाले बंदों को पता चले कि यहां रश होने वाला है बट फिर भी यह बात जानते हुए भी मैं घुसने वाला हूं वहां पर देखो अब खैर पहले तो मैंने इस बॉट को मारा और उसके बाद में एक बार फिर से घूसे मारते मारते में यहां आ गया और इस बात तो बस ये समझ लो होने वाला है सीन अब सही बताऊं तो मुझे सीडीओ से साउंड आ गया था मैंने पहले स्टन फेंका ठीक है उसके बाद में जब मुझे कंफर्म हो गया तो मैंने यहां पर एक ग्रैंड की पिन खींची क्योंकि कंफर्म कैसे हुआ स्टन फेंकने में बंदा मूव हुआ ग्रैंड फटा लेकिन बंदा लॉक नहीं हुआ फाइनली अब सबसे पहले तो गए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन मेरे दो मिलियन करा दो बट इसके बाद देखो यहां पर अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा था कि बॉट था लेकिन इसको मार दिया बट फाइनली जैसे ही यहाँ से निकलते हो इंडिया में स्पोर्ट्स की नॉलेज एंड पैशन को यूज करके लाखों का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स फैटेसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बीजे माई वेलरन फ्री फायर सी एस गो डोटा और ऐसे ही दस से भी ज्यादा गेम्स में आप खेल सकते हो जिससे आप डेली के एक लाख रूपये और बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस जैसे की आईफोन थर्टीन प्रो लेटेस्ट ईयरफ़ोन जी सकते हो और ये हैं फैन क्लैस में फेंटेसी खेलना बहुत ईजी एंड सेफ है बस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाली टीम में से बेस्ट चार टीम्स को स्लेट करना है, एक कैप्टन एंड वीसी चूज करो और फिर जैसे-जैसे आपकी टीम परफॉर्म करती जाएगी, वैसे-वैसे आपको कैश जीतो आप तो अब उस वाली बिल्डिंग से निकलने के बाद बीच वाली बिल्डिंग में और एक बंदा मेरे सामने था और उसके बाद में आ जाती है एक बग्गी जहां हम सबका ध्यान एक बग्गी की तरफ चले जाता है भाई साहब एक गोली नहीं लगी उसको मेरे तो छोड़ो मेरे को लग रहा है किसी की भी नहीं लगी सब डिप्रेशन में पड़े होंगे बट फाइनली अब टाइम था लड़ाई करने का अब जैसी मैं यहां आया सामने साउंड आया बहुत ही ज्यादा लेट अब मैं इसको टाइम देकर तो बिल्कुल भी नहीं गलती करने वाला था कि भाई साहब ये हेल्थ वेल्थ लगा ले फिर तो मेरे भी लग सकते थे ठीक है बट जैसे इसको मारा मैं आगे कोने वाली बिल्डिंग पे और ये वही बंदा है जो काफी देर से यहां बैठा था अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी लॉबीज क्यों आ रही है तो देखो अभी सीजन रीसेट हुआ है ना तो काफी अच्छे प्लेयर जो होते थोड़े वीक प्लेयर सब मिक्स हो जाते हैं तो आप लॉबी को डिफाइन नहीं कर सकते कि मतलब कैसे बंदे थे अभी एक दो तीन दिन ऐसा कुछ होगा लेकिन उसके बाद में सारी लॉबी एकदम क्लियर हो जाएगी अच्छे बंदे अच्छे हो जाएंगे वीक प्लेयर थोड़े नीचे रहेंगे पर यहां पर देखो अभी अब यह बंदा पता नहीं किधर से भाग के आ रहा था मैंने इसको देख लिया था और उसके बाद में फिनिश भी कर दिया लेकिन जैसे मैं वापस से आया बिल्डिंग में यहाँ एक बंदा बॉट को मारा था और मैंने उसको मार दिया और बेचारे का बॉट का किल भी उसके हाथ से गया सॉरी ब्रो क्या करें भाई करना पड़ता है अब वहां पर देखो स्मोक वगैरह हो गया इसका मतलब ये कि बंदे तो हो सकते हैं तो थोड़ी देर इंतजार किया और उसके बाद में मैं, मैं उधर चेक करने गया बट वह कोई नहीं था इसीलिए वापस आया और जैसे वापस आया साउंड दिया लेकिन भाई साहब ये बंदा था मीटअप वाला तो मैंने इससे थोड़ी सी मुलाकात करी और एक बॉड को मार दिया और मैं वही बातें कर रहा था कि भाई ठीक है यार आप चले जाओ प्लीज लेकिन भाई ये बंदा चुंबक की तरह मेरे पीछे चिपक गए क्या बताऊ में तुम लोग को अब देखो मुझे यहां पर बंदा दिखा और ये बंदा मेरे पीछे था तो मैं इसको बोलता हूं ठीक है मैं जा तो बात माननी ही नहीं है ना तो चलो कोई नहीं गाइज अभी इस बंदे को पीछे छोड़ देते चलते बंदे की तरफ अब जैसे ही जोन आने लगा तो हमको यहां से निकलना था बट बंदे अभी भी छुपके बैठे हुए थे और देखो भाई टावर पर एक बंदा दिखा अब हरकतों से मुझे लगा कोई बहुत आके लूट रहा होगा लेकिन एक बंदा इतने ओपन में लूट रहा है भाई साहब यह गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए फाइनली गाइस जैसे ही की तरफ निकलता तभी साउंड सुनो फायरिंग के साउंड सुने और सामने मुझे एक बग्गी दिखाई दी तो मैंने सोचा सबसे पहले बग्गी वालों को ठोकते लेकिन भाई साहब यहां वाले रिफ्लेक्स के लिए एक लाइक तो बनता है हिट दैट लाइक बटन बट फिलहाल अभी टाइम था पीछे चलने का जैसे वहां के लिए निकलता हूं तभी देखो एक डासिया दिखी और एक बग्गी भी एक नॉक भाई, भाई भाई भाई भाई ये नहीं करना था भाई नॉक होते होते बचा भाई यकीन मानो भग्गी वाला बंदा मुश्किल से एक अगर हेड बॉडी दो तो फिनिश फिनिश था था बट इसके बाद में जिन बंदों को मैंने अभी नॉक किया था, इनको फिनिश करना था और पीछे वाले बंदों पे भी चलना था लेकिन यहां देखो क्या होता है जैसे इन बंदों को मारा तभी भाई दूर से पड़ने लगी मतलब एक स्कॉट है और मुझे दूर से घेर लिया अब यहां पर भाई बचाव के चक्कर में इस बंदे को नहीं मार पाया दोबारा ट्राई किया लेकिन इस बार वो पेड़ के कर्म चला गया लेकिन काफी देर वेट करने के बाद में एक और बंदा ओपन में आया और इस बार तुम्हारा भाई नहीं चूका कर दिया इसको नॉक बचा दूसरा बंदा और भाई एक बहुत ही बेहतरीन साइज पर थोड़ा सा शेक कर रहा था उसको इग्नोर कर देना बट हां इनको मार दिया लेकिन जैसे ही पर से गाड़ी लेके निकला भाई कितनी गंदी गोलियां पड़ती हैं बंदा मुझे स्पॉट पर चलती गाड़ी से उतरा ओप्रोन हुआ नॉक जैसे नॉक किया भाई इसको फ्रिज कर दिया लेकिन यहां वाली फाइट में एक बार को मैं मैं डर गया था कि भाई शायद लेकिन जैसे तैसे बच गया बट इसके बाद में देखो अभी 24 बंदे बचे थे मुझे जोर में जाना था जैसी मैं यहां आया इस वाली हिल पे, फायरिंग हुई बंदा भी स्पॉट हुआ और देखो अब दो बंदे देखे सामने सॉरी भाई प्लीज मत दे रहा, बस कोई नीचे कमेंट में कर दिया ना ठीक है ना तो मैंने जो अभी दिखा बंदा पत्थर के पास अब देखो यह बंदा पता कैसे नॉक हो गया जो नीचे घर है वहां से इसको पड़ रही थी ये पत्थर के पीछे कवर ले रहा था और पीछे कौन था मैं मैंने भाई सबको पीछे से लपेट दिया अब यहां पर भाई सबसे पहले हेल्थ बेल्थ लगाई और सोचा कि चलो निकल लेते हैं ठीक है बट जैसे ऐसे निकलता हूं तभी देखो थ्री टू वन एंड and... ग्रेनेड का साउंड मैं समझ गया यहां और भी बंदे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे जोन में जाऊं इन लोगों का जोन घेर लूँ और वहां से ईजीकली निकालूंगा तो बस जोन की तरफ आए थोड़ा आगे एंड देखो जरा यहां आगे मैं स्पॉट करता हूँ एंड मुझे एक बंदा स्पॉट पर आता है अब देखो फायरिंग के साउंड तो लगातार है मतलब हाँ बंदे तो अभी भी रुके हुए हैं और फाइनली चलो ये हुआ नॉक जैसे इसको नॉक किया अब ध्यान से देखना लेफ्ट से एक जीप निकलेगी वो तो निकलेगी लेकिन भाई ये बंदा बच सकता था क्यों रोकी इसने पगी लेकिन जैसे इसको मारा पीछे से वही जीप आई वैसे मेरा मतलब यूएसबी था भाई गाड़ी धुआं धुआं हो गई लेकिन फट के नहीं दे रही है भाई साहब अब जल्दी से मैं सोचता हूं कि इस गाड़ी का पीछा करता हूं इसको मारूंगा लेकिन जैसे इसका पीछा करता हूं भाई ये मुझे सांप मिल जाता है यहां पर पहले सांप को कुचला खैर सांप ने ज्यादा दम कुछ खास करा नहीं सीधा फिनिश हो गया लेकिन तभी आती है एक और यूएच एक नॉक इजिली दूसरा भी नॉक हो गया अब ये वाले बंदे तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि भाई कौन था ये हमारे लिए बैठा हुआ था लेकिन सही बताऊं तो हाँ मैं यूएच वालों के लिए था लेकिन ये दूसरे बंदे थे फाइनली यहां से निकलता हूँ एंड तभी देखो लेफ्ट साइड से फायरिंग का साउंड आया मैंने सोचा कि चलो भाई सीधा गुजराते बंदों में जैसे ही वहां जाता हूं देखो भाई भाई जितनी स्पीड से तुम्हारे भाई गया था ना उतनी स्पीड से वापस भी आ गया बट मुझे देखा उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप के अंदर थी एम थ्री जैसे एम थ्री उठाई पीछे से पड़ी एक बंदा नॉक दूसरा बंदा ओपन मुझे स्पॉट था और सही बताऊ तो इस बंदे ने ही मुझे डैमेज दिया था अब इनको मैं जाता हूं फिनिश करने के लिए बट इनका कोई टीम नहीं था फिनिश करके वापस आ गया इस वाली वेयर में जैसे यहां आया अब किल्स देखो एक बार 26 किल्स हैं लेकिन जो मौत होने वाली है ना मेरी भाई वो तो कुछ अलग ही होने वाली है अब जैसे मैं यहां आया ना तो मुझे डाउट हुआ कि पहले मुझे गोलियां पड़ी थी जब मैं बग्गी से इधर आया था तो मुझे लगा शायद क्या पता इसके अंदर बंदा लेटा हुआ हो तो मैंने यहां पर एक ग्रेंड चेक करने के लिए फेंका तो चलो अभी थोड़ी सी शांति यहां पर कोई भी नहीं है तो मैं आराम से रिलैक्स होकर यहां पर बैठ सकता हूँ खैर खेल जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया भाई ठोक दो जल्दी से ट्वेंटी हमारे फ्रेश हो चुके हैं बट ये आया पीछे ग्रहण मतलब वहां कोई तो है है तो सही फाइनली जैसी इधर आया एक बार दिखा अब भाई मैंने इसको नॉक कर दिया बहुत ज्यादा लेट मैंने सोचा कि यार नहीं खोना अपना किल गाड़ी उठाई सीधा रश कर दिया यहां पर जैसी आया दो दो दो सांप भाई एम जी थ्री से तो दोनों को भरा है ना मैं तो लोग क्या बताऊं दोनों बंदे तो लेटे हैं अगर वो खड़े हो जाते ना तो भाई मेरे को इजी मार भी सकते थे लेकिन लेटने पे क्या है ना कि भाई आप बहुत आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते बस आप ए मूव कर सकते और वही डिसएडवाटेज लेट हुआ बट इसके बाद में केवल तीन बंदे बचे थे और यहां देखो साउंड आया बंदे का बंदा देखा बहुत ही ज्यादा लेट बिना टाइम वेस्ट किए मौरी निकाली जेब में से और ये फेंका ये तो नहीं बचना भाई यस गायस ये मर गया फाइट थी वन किया। मैंने सोचा कि सामने तो सब क्लियर घूम के आते जैसे यहां पर आया लो भाई।, भाई, भाई भाई भाई ये बंदा भाई पता नहीं है कब से होगा या फिर कब आया लेकिन भाई उसने मेरे को टाइम ही नहीं दिया यार वापस जवाब देने का और यहां इस तरीके से ट्वेंटी किल्स के साथ में ये मैच यही पे इस मैच का फुल स्टॉप लग जाता है तो खैर गए तुम लोगों को मैच कैसा लगा क्या कमियां थी क्या खूबियां थी सब बता सकते हो जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे हाईलाइट करना वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर देना टू मिलियन के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय बाय